लोग गलत so, की गलत है तो देखते हैं क्रेडिट को ऑडिट पर से निकालना है देन इसको को चेक करना कि इसके लिए क्योंकि हमें अगर इंटरफेस टाइम फोन नंबर यहां पे फोन नंबर वहां पे आपका जो तो फोन नंबर वहां पे सब करके इतनी परसेंटेज तो बिल्कुल ट्रेन में जाता है और मेन वहां पे मेन टाइप करके भी इतनी परसेंटेज तो बिल्कुल प्रोसेस पे पैसा प्रबंधन करना पड़ता है जरा पैसा कितने बारे में डॉक्टर करना पड़ता है तो ऐसे ही डॉक्टर की जब की लोगों लोगों का प्रबंधन और उसमें जब लोगों के डिश का फास्ट वाल को या कुछ अन्य एक्टिविटी में रखने तो के लिए को रिटर्न वेरी कराता है और इतनी तो ठीक है डॉक्टर के बारे में इं और कुछ तो तो कमेंट के करके कोई वोट कोई दूसरे कोई कोई दूसरे कोई दूसरे कोई तो मैं तो करने के लिए में में जो को ये ये कोई जरूरी बनाया है काफी तो तो है के के लिए दोस्तों दोन की